सो तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग सो आज मैं फिर चाह चुका हूँ आप लोगों की डिकनिको आज का वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ कि एडसठ जी फाइल्स सो आज का ये एडसठ जी फाइल रूप ऐप ऐप की तरह दिया गया है सो दोस्तों एंड तो आप लोग इसको डाउनलोड करके गेम अपना रियल अकाउंट में भी खेल सकते हो दोस्तों इससे आप लोगों का आई डी होने वाला नहीं है दोस्तों आप लोगों को ये वाला फाइल चाहिए तो सो वीडियो बस दो मिनट तक देख लीजिए आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा एंड उसको पासवर्ड भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा वीडियो पे ही मिल जाएगा दोस्तों एंड इस वीडियो देखते रहे ना अगर वीडियो पसंद आए तो सो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब करने की वेबसाइट में जो बेलाइकन बटन आएगा उस कॉल पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों ताकि सबसे पहला मेरा ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों सो मैं भी ये मेरा रियल अकाउंट पर ये हैग यूज़ करके ये फाइल यूज़ करके मैं भी गेम प्ले कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा शायद एंड सो तो ऐसे करके आप लोग भी खेल सकते हो गाइस एंड सो तो गाइस एंड सो गाइस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सर्च करने के लिए एंड सो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों दोस्तों एंड सो so, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए एंड इसके लिए यहां पर हमें सबसे पहला जेट आर चीवर ऐप का ये वाला एप्लीकेशन को जेट एप्लीकेशन को हमें ज़रूरत होता है गाइज एंड इसको ओपन करेंगे एंड इसको ओपन करने के बाद वो वाला फाइल को यहाँ पर जाके ऐसे ही नाम के आ जाएगा दोस्तों एंड यहाँ पर जाके फ्री फायर मैक्स में भी आप लोग खेल सकते हो एंड नॉर्मल में भी खेल सकते हो अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स से खेल रहे हो तो इसी मैक्स पर क्लिक करना है एंड नॉर्मल से खेल रहे हो तो नॉर्मल पे ही क्लिक करना है दोस्तों एंड सो तो इसके इसको यहाँ पर नॉर्मल पर जाके इसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आया जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर जाके यहाँ पर डिवाइस मेमोरी पर जाके एंड्रॉइड सेक्शन पर जाके डाटा पर जाके हमें यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे दोस्तों जैसे ही यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एंड सो so वहाँ पर जाके आप लोग इतना बस इतना ही करना है दोस्तों एंड फ्री फायर मैक्स को भी सेम वही प्रोसेस करना है आप लोगों का एंड जब आप लोग फ्री फायर ओपन करोगे तो थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा उतना ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा सो तो थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा तो उसके बाद आप लोगों हेडसेट पूरा फुल टू रेड का हेडसट लग जाएगा दोस्तों एंड सो वीडियो कैसा लगा है वो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ताकि सबसे पहला मेरा ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों एंड शो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर